अगर आप बुद्धिमान हैं तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आपको फोटो में इंस्टाग्राम टिकटॉक और ट्विटर के आइकन दिखाई दे रहे हैं इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना उत्तर बताइए आपके पास चार ऑप्शन है ऑप्शन ए चार ऑप्शन बी जीरो ऑप्शन सी दो या ऑप्शन डी आठ आप अपना जवाब